नमस्कार साथियों जय श्री कृष्णा आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्म मुहूर्त में जागने के महत्वपूर्ण लाभ तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से लाभ है सुबह के पाँच बजे से पहले के मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके शरीर को उत्तम स्वास्थ्य एवं सकारात्मक ऊर्जा मिलती है एवं घर की दरिद्रता और कलेश दूर होता है घर परिवार में शांति बनी रहती है और अपने मन एवं तन को शांति मिलती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से माता लक्ष्मी जी माता सरस्वती जी और भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए उसके बाद अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए और उसके बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को सुबह के पाँच बजे से पहले उठ जाना चाहिए यानी बर... ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए उसके बाद गायत्री मंत्र और ओम नाम का स्मरण करना चाहिए उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए ध्यान करना चाहिए यानी मेडिटेशन करना चाहिए उसके बाद आपको योग प्राणायाम करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को मुख्यतः पाँच योग प्राणायाम अवश्य करना चाहिए पहला है कपालभाती प्राणायाम दूसरा है अनुलोम विलोम तीसरा है भ्रामरी चौथा है बस्त्री प्राणायाम और पाँचवा है सूर्य नमस्कार मन को शांत रखने और तनाव को दूर करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन आसान से योग प्राणायाम को कीजिए अगर आप कम से कम पाँच पाँच मिनट भी योग प्राणायाम को करते हैं तो आपको अद्भुत ऊर्जा मिलेगी अद्भुत शक्ति मिलेगी योग प्राणायाम करने वाला प्रत्येक मनुष्य एक योगी होता है इसलिए आप भी अपने जीवन में योग प्राणायाम को अपनाएँ और एक स्वस्थ जीवन दिए कहते हैं न कि एक स्वस्थ एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है इसलिए योग प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और योग प्राणायाम को घर घर तक पहुंचाने में एम योगदान दीजिए योग प्राणायाम करने के बाद में आप अपनी छत पर जाकर या बाहर खुले में जाकर गहरी सांस लेनी चाहिए और थोड़ी देर तक टहलना चाहिए और हो सके तो सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखना चाहिए ताकि हमारे शरीर को हमारे मन को और हमारे तन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी इतनी सी बातों को आप अपने जीवन में अपना कर, आप आर्थिक सामाजिक और पारिवारिक संकट से बाहर आ सकते हो और एक स्वस्थ और मजबूत जीवन जी सकते हो इस प्रकार आप ब्रह्म में उठकर अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद